लाइफ ऑफ एन ईगल फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन हिंदी हर बांस की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है लेकिन बांस पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बांस का पुनर्जन्म हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं सिर्फ इंसान ही नहीं कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है तो आइए जानते हैं बास के जीवन से जुड़ी आचर्यजन किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा बास लगभग सत्तर वर्ष जीता है परंतु अपने जीवन के चालीसवे वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं पहला पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं दूसरा चोट आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है तीसरा पंख भारी हो जाते हैं और सीनी से चपकने से कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ाने सीमित कर देते हैं भोजन ढूंढना भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं या तो अपनी शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ युद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहाँ पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा बांस पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है एकांत में अपना घोसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है अपनी चोंच से अधिक पीड़ा कुछ भी नहीं है पंक्षी राज के लिए अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करना है पंजों का फिर से उग आने का नई चोट और पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक कर नोचकर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उठ आने का 150 दिन की पीड़ा और इंतजार और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है आपने कई बार ये सुना होगा भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी जैसे बांस संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते है इच्छा हालातों पर काबू रखने की सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना जीवन में कुछ नए पन बनाए रखने की हम में भी चालीस तक आते आते इच्छा सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है आकांक्षा ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं कुछ सरल और कुछ पीड़ा हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति चीनी को त्याग कर काबू दिखाना होगा बाँस की पंजों की तरह हमें भी आलश पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी बाँस की चोट की तरह हमें भी भूतकाल में जगड़े अस्तित्व के भारी पन को त्याग कर कल्पना की आजाद पुराने भर में होंगी बाँस पंखों की तरह एक सौ पचास दिन ना सही एक माह भी बताया जाए इस दोबारा स्थापित करने में जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही बास तब पुराने भरने को तैयार होंगे इस बार उड़ाने और ऊंची होगी अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी जीव तक जंग जारी रहेंगी